उसूलों के बिल्कुल पक्के हैं जनाब हम सिर्फ जुबान नहीं चलाया करते उसूलों के बिल्कुल कट्टर हैं। हम सिर्फ जुबान नहीं चलाया करते और जो एक बार ही दिल से निकाल दिया ना हम उसके मरने पर भी नहीं जाया करते